असलकम एंड वेलकम टू माई चैनल आज हम बनाएंगे आलू चोले और लच्छा पराठा सबसे पहले लच्छा पराठा बनाने के लिए मैंने आटा गूंदा है आटा गूंधने के लिए मैंने तकरीबन एक किलो आटा लिया है और इसमें तकरीबन एक टेबलस्पून ऑयल डालकर और हंस के नमक डालकर मैंने इसे गून के रखा हुआ था तकरीबन दो घंटे के लिए हम इसे सेट करने के लिए रख देंगे अगर आप चाहें तो रात को भी गूद कर इसे फ्रिज में रख दें सुबह जब पराठे बनाने हों तो आधे घंटे पहले फ्रिज से निकाल लें अब हम इस आटे से पेड़े बनाएंगे सिंपल पेड़े खुश्के में लपेट कर बनाकर साइड पर रखते जाएं। आप अपनी मर्जी के पेड़े बना सकते हैं छोटे या बड़े मैं यहाँ पे थोड़े बड़े पेड़ बना रही हूँ क्योंकि मुझे बड़े पराठे बनाने हैं ऐसे सब पेड़े बनाकर हम साइड पर रख देंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए इसे सेट होने के लिए रख देंगे अब हम पेड़ा लेंगे इसे खुश्के में लपेटेंगे और इसे अच्छे से बेल लेंगे इसे अच्छे से बेलना है और पतला सा बेलना है जितना हम अच्छे से बेलेंगे पतला बेलेंगे उतना ही पराठा अच्छा बनेगा क्रिस्पी बनेगा और फ्लेकी बनेगा अच्छे से बेलकर अब हम इस पे घी लगाएंगे घी लगाने के लिए एक ब्रश की एक ब्रश लेंगे ब्रश की मदद से या सिंपल आप हाथ की मदद से भी लगा सकते हैं मेल्टेड मेल्टेड घी हम इसके ऊपर लगाएंगे अब घी को पहले से मेल्ट करके रख लीजिए जमा हुआ घी नहीं लगाना अब हम पिज़ा कटर की मदद से या फिर छुरी की मदद से इसे बीच में से काटेंगे और ऐसे फोल्ड करके बीच तक लेकर आएंगे और दबा दबा के पेड़ा बनाएंगे पेड़े को खुशके में लपेटेंगे थोड़ा सा फैला कर साइड पे रख देंगे अब हम दूसरा पेड़ा बनाएंगे इसको भी अच्छे से बेल लें बेल इसे बड़ा कर लें पतला सा बेलना है इसे ऐसे पतला सा बेलकर इसके ऊपर घी लगा लें घी चाहे तो ब्रश की मदद से या फिर हाथ की मदद से भी लगा सकते हैं मैं यहाँ पे अब हाथ की मदद से लगाऊंगी अच्छे से पहला कर इसे लगाना है इसे लगाने के बाद इसके ऊपर थोड़ा सा खुशखा छिड़क दें और इसे पेपर फैन की तरह रोल कर लें जैसे हम पेपर फ़ैन बनाते हैं वैसे ही ऐसे रोल करके रख देंगे ऐसे हमने चार पेड़े बना लिए हैं और इसको हम साइड पे रख के सेट होने के लिए तकरीबन 10 मिनट छोड़ देंगे इसे खुश के में लपेटना है वरना इसके ऊपर फपड़ी सी जम जाती है तो पराठे अच्छे नहीं बनते अब हम पेड़ा लेंगे उसे अच्छे से पिलाएँगे हम हम हाथ में लेकर उसे अच्छे से पहलाएंगे और पहले से गरम तवे पर डाल के सीखेंगे जब थोड़ा सा सीख जाए तो हम ऑयल डालेंगे फिर इसकी साइड पलटेंगे और इसको क्रिस्पी होने तक फ्राई करेंगे अब हम एक किचन टावल लेंगे और इससे इसका एक्सेस ऑयल जजब कर लेंगे इससे पराठा क्रिस्पी भी बनेगा और ज़्यादा ऑयली भी नहीं होगा इसी तरह हम दूसरा पराठा बनाएँगे इसे भी तवे पर डालकर जब थोड़ा सा सख जाए तो इसके ऊपर हम ऑयल डालेंगे इसकी साइड पलटेंगे और इसी तरह किचन पेपर लेकर इसका सारा एक्सेस ऑयल हम जजब कर लेंगे इसे निकाल कर किचन पा पेपर पर पे रखेंगे तो ये हमारे पराठे तैयार हैं अब हम बनाएंगे आलू छोले आलू छोले बनाने के लिए एक कढ़ाई लेंगे कढ़ाई में हम डालेंगे ऑयल। ऑयल मैंने लिया तकरीबन आधा कप आधा कप ऑयल गरम करके उसमें हम डालेंगे तकरीबन दो मीडियम साइज़ के प्याज उसे हम अच्छे से पिंग होने तक फ्राई करेंगे इस, इसके बाद हम इसमें डालेंगे एक टेबलस्पून स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट इसका कच्चापन दूर होने तक हम इसे फ्राई करेंगे अब हम इसमें डालेंगे टमाटर का पेस्ट ये मैंने दो मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हुए थे इसको मैंने पेस्ट बनाकर इसमें डाल लिया है अब हम इसमें डालेंगे नमक आप अपने ायके के हिसाब से नमक डाल सकती हैं कम या ज़्यादा इसमें हम डालेंगे सुरख मिर्च मैंने डेढ़ टी स्पून लिया है आप चाहे तो अपने टेस्ट के सामिक हिसाब के मुताबिक ज़्यादा कर सकते हैं हल्दी मैंने डाली हुई है तकरीबन एक टीस्पून ये मैंने डाला हुआ है भुना हुआ कूटा हुआ ज़ीरा तकरीबन एक टीस्पून इसको अच्छे से भूनेंगे तकरीबन एक से दो मिनट तक इसमें हम डालेंगे मैगी का कनोर क्यूब एक एक अदद और फ्राई कड़ाई गोश्त तकरीबन एक टेबलस्पून के करीब हम इसमें डालेंगे इसे अच्छे से फ्राई करेंगे तकरीबन एक से डेढ़ मिनट या दो मिनट तक अब हम इसमें डालेंगे उबले हुए छोले ये छोले मैंने नमक और थोड़ा सा सोडा डालकर भिगो कर इसको सुबह बॉईल कर लिया था छोले मैंने डाले हैं तकरीबन दो कप उबले हुए इसको हम ढककर तकरीबन 10 मिनट के लिए पकाएंगे। इसके बाद हम इसमें दो उबले हुए आलू डालेंगे दो बड़े आलू या फिर तीन मीडियम साइज़ के आलू हम इसमें डालेंगे इसमें हम डालेंगे तकरीबन एक टीस्पून गरम मसाला और एक टीस्पून काली मिर्च हरी मिर्च और हरा धनिया भी डालकर इसे ढककर तकरीबन हम 10 मिनट पकाएंगे। ये हमारे आलू छोले रेडी है मैंने इसे इस अचार से और बॉयल अंडों से सजाया हुआ है आप अपनी मर्ज़ी से सजा सकती हैं थैंक्स फॉर वॉचिंग अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल पे ज़रूर आइए अल्लाह हाफ car in cross fire